शेयर मार्केट में अभी आपको बोलता हूं दो हजार पौन का नुकसान हुआ है इस नुकसान में साढ़े नौ लाख करोड़ इन्वेस्टर के घुस गए हैं तो इसमें कौन से फैक्टर देखें पूरा वीडियो मैं हूं आपका दोस्त नैन बोरसानिया और आप मेरे चैनल इन्वेस्ट शेयर में अभी आपने लगातार पांच और सात दिन से देखा होगा कि स्टॉक मार्केट डाउन डाउन होता जा रहा है ओसा कौन सा फैक्टर है जो जो निफ्टी आपको बोल देता हूँ दो हजार पॉइंट का क्यू लॉस हुआ है क्योंकि अमेरिका में जो मार्केट चल रहा है वो भी डाउन चल रहा है अभी अमेरिकन कंपनी है उसमें बैंकों में ब्याज बढ़ाने का जो अभी फिलहाल मीटिंग और बातचीत चल रही है इस फैक्टर के हिसाब से अमेरिकन मार्केट भी लॉस हो रहा है काफी सात दिन से लॉस जा रहा है इसलिए इंडियन मार्केट में भी वही हाल हुआ है जिसने भी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है उसको काफी सारे लॉस हुए हैं अभी फिलहाल मैं यही बोलता हूँ कि थोड़ा रुक जाइए अभी मार्केट स्टेबल होने दे और डाउन जाने का मतलब दूसरा ये मैं बोलता हूँ कि फॉरन जो इन्वेस्टर है हमारे इंडियन मार्केट में उसने अपने जो शेयर है वो सेल पे ही लगाए हैं हर एक शेयर है इसलिए मार्केट डाउन टू डाउन जाता रहा है अब जाने की कोशिश ही नहीं करे क्यूकी बायर हुए ही नहीं सैलर ही ज्यादा हो रहे हैं अभी मैं आपको बोल रहा हूँ की यूएस में अभी मीटिंग चल रही है ब्याज दर बढ़ाने की तो ये अभी 26 तारीख को ये डिसीजन लिया जाएगा लेकिन 26 तारीख को हमारा मार्केट बंद रहेगा तो इसकी असर 27 तारीख को पड़ेगी इसलिए ध्यान रखिए 27 तारीख को भी ये हाल होने वाला है इसलिए देखकर समझकर इन्वेस्ट कीजिए और आपका पैसा डूबे नहीं शेयर बाजार लगातार 6-7 दिन से डाउन होता जा रहा है फ्राइडे पर ज़्यादा हुआ था मंडे को और भी ज़्यादा हुआ है टाटा स्टील टाइटन और बजट फाइनेंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां के फोर परसेंट रिटर्न हुए हैं अभी नया आईपीओ जो लॉन्च हुआ था थोड़े महीने पहले पे का उसमें भी बहुत लो हो गया है इन्वेस्टर को और इसमें भी मैंने एक साल पहले जो इन्वेस्ट किया था वो अभी वही रेट चल रहा है इसलिए जितने भी पैसे एक साल पहले जिसने इन्वेस्ट किए थे और अभी इन्वेस्ट किए है वो दोनों का सेम रेट पर अभी चल रहा है टोटल मार्केट जब आप देखने जाए स्टॉक मार्केट का तो दो करोड़ है अब फ्राइडे पे आप देखने जाए तो 260.5 करोड़ हो गए मतलब साढ़े नौ लाख करोड़ का नुकसान ये अभी शेयर मार्केट में हो गया है अगर आप भी नुकसान से बचना चाहते तो अभी अभी इन्वेस्ट करने के लिए रह जाइए आपको फ्यूचर में प्लान है तो फ्यूचर करिए वरना अभी इंट्राडे में मत घुसिए वरना आपको नुकसान ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैं आपको यही सलाह देता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए शॉर्ट टर्म में आपका पैसा कभी भी डूब सकता है उसका नक्की नहीं है कुछ आपको वीडियो कैसा लगा सेंसेक्स के बारे में आपको जानकारी देता रहूंगा स्टॉक मार्केट के रिलेटेड और क्रिप्टो करेंसी हर एक जानकारी मैं आपको देता रहूँगा इसलिए मेरी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मजबूरी है